जैसी मन में हतीरे जैसी मन में हती सो ओ सई करी रे राजा नाम रा। भैया अखिल भैया मैं पैसा उठा लो लात तो तरने नहीं लक्ष्मी रखने आओ 100 100 रुपए सभी जनों के ए जैसी मन में हती क्या फरमाइश आई है माननीय महाराज साहब की सचमुच महोदय जी की ए जैसी मन में हती ओ सही करी रे भगवान जुग युग जिये तुम ये ललना ना युग जुग तो तुम आओ जाई बिना हमारी हा चलो और कहो पछु नो नो सौर अच्छा एक दो लाइने ऐसी हो जाए फिर हमारे महाराज आ रहे हैं, हैं।, हैं बहन जी अरे पारे की ले ले ए बारे की बगैरेल मुनैया कई मुनैयान के रस ले रसीले नहीं होते थी पूरे चूस लेते हम जब और बालक के दादा दादाजी प्रमोद व्यास जी आपकी तरफ से सौ रुपए की राशि बहुत बहुत धन्यवाद आए बहुत बहुत धन्यवाद है जाइलाइन फिर वो नहीं झूलते थे तोरे हम तो, हाँ तो नाहक में फस गए